भजन संहिता अध्याय त्रेसठ तेरा ही जिक्र अक्दस मुझसे मुदाम होगा मेरे लबों पे हरदम तेरा ही नाम होगा बख्शींदा बख्श देगा मुझको परोज महशत कामा पड़ेगा जिस दम रहमत से काम होगा मेरे खुदा मेरे खुदा तुझे ढूंढता ढूँढताह दिन रात सदा है मेरे खुदा है मेरे खुदा तुझे ढूंढता ढूँढताह दिन रात सदा बंजर धरती और खुश जहाँ पानी नहीं, ना कोई नूह मेरी है प्यासी तेरे तेरली अभिलाषी जिसम है तेरली मेरे खुदा है मेरे खुदा तुझे ढूंढता हूँ दिन रात सदा मेरे खुदा जलवा क्या है देखा है तेरे पावन नाम को देखा है तेरा जलवा क्या है देखा है जीवन से है मेरे खुदा तुझे शाम ढले में याद सुभ हो तेरा ध्यान करूं तुझ शाम ढले मैं याद करूं ताुब हो तेरा ध्यान करूं तू हर दम हमेशा सखी हे मेरे खुदा है मेरे खुदा तुझे ढूंढता हूँ दिन रात सदा है मेरे खुदा है मेरे खुदा तुझे ढूंढता हूँ दिन रात सदा बलगर धरती और खुशक जमी जहाँ पानी नहीं ना कोई नमी रूह मेरी है प्यासी तेरे लिए अभिलाषी जिस्म है तेरे लिए है मेरे खुदा है ढोड तू